उंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आरती आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कृपया सोचें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टेली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा टेली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम टैली का परिचय देंगे इसे सिखाने के उद्देश्य और शिक्षण के आधार इत्यादि के बारे में जानेंगे चलिए अब आपको टैली का परिचय दे देते हैं किसी भी बिजनेस को ठीक ढंग से चलाने के लिए उससे लाभ कमाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें पहले ये काम पूरी तरह से मैनुअल होता था यानी हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे वर्तमान में अकाउंटिंग से संबंधित पूरा काम कंप्यूटर की सहायता से हो रहा है साथ ही व्यवसाय से संबंधित अधिकतम गतिविधियां भी कंप्यूटर की सहायता से ही संचालित की जा रही हैं। पहले हम जो मैन्युअल अकाउंटिंग कई घंटों या कई दिनों तक करते थे अब वो कंप्यूटर की सहायता से बिना किसी गलती के कुछ ही मिनटों में हो जाती है भारत में जी लागू होने के बाद तो इस फील्ड में अपार संभावनाए पैदा हो गयी है कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेना होती है और टैली उसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात यह है कि इस पर काम करना बहुत ही आसान है भारत और बाहर के कई देशों में ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है हम आपको टेली ई आर पर काम करना सिखाएंगे टैली सिखाने का हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के या बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं उनको कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखाई जाए जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो कॉमर्स की बेसिक जानकारी होती है उनके लिए कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करना आसान भी होता है पर हमारा उद्देश्य ये है कि जो बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के व्यक्ति या विद्यार्थी हैं वे भी इन वीडियोस को देख करके टैली पर आसानी से कंप्यूटर अकाउंटिंग करना सीख सकें हमारा दूसरा उद्देश्य है रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करना ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं वो भी अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग सीख लेते हैं तो अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं इस प्रकार से टैली उनको रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है हालांकि तो उनको अकाउंटिंग हाला कैसे करना है ये तो आता है पर कंप्यूटर अकाउंटिंग कैसे किया जाए या टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अकाउंटिंग कैसे किया जाए ये नहीं आता है उनको भी इससे सहायता मिल जाए ये हमारा उद्देश्य है साथ ही अगर आपका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो उसकी अकाउंटिंग आप स्वयं कर सकें उसमें भी ये वीडियोस आपकी मदद करेंगी। यहां हमारा टैली सिखाने का आधार है यानी सरलता हमसे कोशिश की है कि टैली को एक सिरे से ना सिखाते हुए जो सरल चीजें हैं, वे पहले सिखाई जाएं। जैसे कि स्कूल में जब कोई छोटा बच्चा जाता है और उसको ए बी सी डी लिखना सिखाया जाता है तो सबसे पहले यह ध्यान रखा जाता है कि शुरू में ए से लेकर जेड तक ना सिखाते हुए जो अक्षर उसके लिए बनाना आसान होते हैं वो पहले सिखाए जाते हैं और रिलेटिवली जो थोड़े कठिन हैं वो बाद में सिखाए जाते हैं उसी तरह हमने भी टैली सिखाने का आधार सरलता को रखा है जो चीजें सरल है वे पहले सिखाई जाए और फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ा जाए इसलिए हमने शॉर्टकट जिसमें या ज़्यादा हो, उसके स्थान पर थोड़ा लॉन्ग रूट लिया है हमने कोशिश की है कि भले ही रास्ता थोड़ा लंबा हो पर आसान हो और आपको सॉफ्टवेयर पर काम करना सरल लगे मुश्किल ना लगे हम आपको फियर फ्री यानी भय रहित बनाना चाहते हैं टैली पर काम करने में आपको डर ना लगे घबराहट ना हो या ऐसा ना लगे कि टैली सीखना बहुत मुश्किल काम है इस आधार को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वीडियोस को इस तरह से बनाने का प्रयत्न किया है कि ये सिंपल हो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो जिसमें कि अच्छे से सभी बातें समझाई गई हों। जैसा कि अभी हमने आपको बताया टैली सिखाने का हमारा आधार सरलता यानी सिंप्लिसिटी है और इसी आधार पर हमने टेली सिखाने के काम को अलग अलग स्तर यानी लेवल्स में बांट दिया है पहला है बेसिक लेवल। बेसिक लेवल। लेवल के कुछ वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग क्या है इसका बेसिक क्या है इसके आधार पर काम कैसे किया जाता है और इसके बाद हम टेली पर काम प्रारंभ करेंगे जिसमें टेली से संबंधित सरल पर आवश्यक जानकारियां होंगी यहाँ पर हम टैली में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे बेसिक लेवल पर आप जो सीखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि टैली सॉफ्टवेयर को यूज करना इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं ये बड़ा ही आसान है दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट लेवल इस लेवल पर अकाउंटिंग के वे सारे काम आ जाएंगे जो की एक अकाउंटेंट के तौर पर आपको रेगुलरली करना होते हैं यानी जिस तरह से किसी भी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करना होता है वो सारी बातें आप इस लेवल पर सीख पाएंगे तीसरा है एडवांस्ड लेवल इसमें मैनेजरियल लेवल पर काम आने वाली जानकारियां होंगी ये उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जिनका खुद का बिजनेस है और वे इस लेवल में सिखाई जाने वाली रिपोर्टिंग सीख अपने बिजनेस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग की परिभाषा डबल एंट्री सिस्टम क्या है अकाउंट्स क्या होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कुछ अन्य परिभाषाएं।